नेाक ने ना दो मौतों का जिक्र किया और दो जिंदगी का यहाँ आने से पहले भी हम मुर्दा थे जब बाप के थे तब भी वजूद हमारा मौजूद नहीं था माँ के पेट में थे तो पहले एक लुतफे की शक्ल में गए थे तो अल्लाह कहता है वो तेरी मौत थी फिर मैंने तुझे जिंदगी दी फिर तुम्हें मारूँगा फिर तुम्हें दोबारा कुरने मजीद की पहले सिपारे किया फरू न बिल्ला हूँ तुम अपने रब के साथ किस तरह कुफर करते हो वह तुम अम्बातन तुम मुर्दा थेगा थे। फिर, फिर, फिर तुम उसी की तरफ यानी पहले तुम मुर्दा थे रूहे तो पहले भी मौजूद थी नबीबाकलाम ने फरमाया जिन रूहों की वहां वाकफियत थी यहाँ भी वाकफियत जिनका वहा प्यार था यहाँ भी उनका प्यार है इसलिए पीरमेर अली शाहब ने फरमाया था कौन फाया को ये दुनिया तो अभी कल बनी है हमारा तो रब रसूल से पुराना प्यार चला रूहें थीं मिशका शरीफ में नबी पाकम ने फरमायाल् तेना हजरत सईदना आदम तो सलाम को न उनकी तमाम औलाद की सूरतें दिखाई गोया रूहे दिखाई नूर दिखाया चमक रहा था तो हजरत आदम की नजर पड़ी हजरत दाऊद में मौजूद तो आपने देखा बड़े खूबसूरत हैं हजरत दाऊद्लम तो फिर मैं ये मेरा बेटा बड़ा आसीन ज़मीला उम्र कितनी होगी इसकी तो फरिश्ते ने की वजूर 60 साल ये आलम अरबा में बात हो रही है हजरत आदम सलाम फरमाने लगे इस तरह करो मेरे 40 साल काट के इसको दे दो हुक्म तो हुआ हज़रत आदम की बात मान लो वो काट के चालीस साल उनकी उम्र मुबारक के हजरत दाऊद की उम्र में शामिल करके लिख के मोर लगा दी गई ये रीज में लफ्ज है नबी पाक सल्लाने लगे हजरत आदम के अभी साल का वक्त आया तो फरिश्ते ने आके कहा बाबा जी चले हैं फरमाने लगे मेरे तो चालीस साल बाकी हैं का हजूल वो तो आपने अपने बेटे को दे दिए थे एक बात यहाँ और कर लो सुन लें सद के बारी का लफ अम्मा बोलती है मैं सदके बारी जाऊँ अम्मा बोलती है ना लेकिन बाप के प्यार की ये शान है कि बाप का बस चले तो वो अपनी उम्र भी काट के अपनी औलाद के नाम लिख दिया कर ये बाप का प्यार है मैं नहीं सुना रहा हूँ आप ये बाप की मोहब्बत का आलम है कि उसका बस चले तो उम्र काट के औलाद के खाते में दर्ज करा दे तो कहाँ से लाओगे वो जाविया? दुनिया में बहुत शख्सियत बाप की है बाप की जो मेहनत खुद करता है पर अपने लिए नहीं करता जो कमा के ला के ऐलान करके औलाद को कहता पुत्र आपका ये सारा कुछ सारा आपके लिए कर रहा हूँ तो इतना छोटा ना समझे मेहरबानी करें बाप की अजमत को बाप के मरतबे को बाप के मकाम को वो जब बेटा सोया होता है और रात को बालद आके उस चेहरा देखता है ना सोए हुए का और अब यकीन करें दुनिया में एक सहारा ऐसा है जो बंदे को जवान करता है पुत्र एक हो पर बड़ा हो जाए जरा कद के बराबर तो बाप को यूँ लगता है कि मेरे कंधे थोड़े से ना वजन हल्का हो गया है मैं अब आसानी में हूं तो बाप के प्यार की भी कोई हद है नहीं